आतंक भरा था महाजादू का आगमन अब होगा मेरे महाजादू का महान तांड अपने अस्तित्व से बेखबर तो। बालवीर कैसे रोकेगा यह कह